जय श्री राम मित्रों मैं मोहित भार्गव जैसा कि आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है इस अवसर पर हम सब एक संकल्प लें कि अपने अपने घरों में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएँ और ये पौधा सिर्फ इसलिए ना लगाएँ कि सोशल मीडिया पर हमें फोटो अपलोड करें या सिर्फ दिखावे के लिए बल्कि इस पौधे का हमें संरक्षण करना है इसे पेड़ बनाना है क्योंकि प्रकृति है तो मनुष्य है ये YouTube के जरिए मेरी पहली वीडियो है इसमें मेरा परिचय है और मेरा ही नहीं बल्कि नागरिकों का इसमें परिचय होना चाहिए सुनिएगा साहब, मैं छोटे से गांव के एक किसान का बेटा हूँ कभी मैं ये नहीं कहता किसी हुक्मरान का बेटा कभी मैं ये नहीं कहता किसी हुक्मरान का बेटा हूँ मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ मगर सच है यही मोहे मैं खुद पर गर्व करता हूँ मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ मैं खुद पर गर्व करता हूँ मैं हिंदुस्तान का बेटा